सब्सक्राइब कीजिए अर्श मॉनिटर यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों आपका स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में जैसा कि दोस्तों मेरा नाम है अर्श और आप देख रहे हैं अर्श मॉनिटर यूट्यूब चैनल आज दोस्तों मैं आपको एक गूगल क्रोम की बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ इस ट्रिक को जान के आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों इस ट्रिक के जरिए पूरा आपका Google Chrome पूरा गोल गोल चक्कर काटने लगेगा वो पूरा घूमने लगेगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने हमारे चैनल को पहली बार विज़िट किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और तो साथ ही साथ बेल बेलाइकन को प्रेस भी कर दीजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल प्रोम ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है Do a barrel roll जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैं सर्च कर देता हूँ Do a barrel roll इसको सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सीधा यहाँ पे सिंपल सर्च के बटन पे क्लिक कर, कर देना दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा क्रोम ब्राउजर कैसे घूमने लगा दोस्तों अगर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा हंड्रेड टाइम्स जैसे दोस्तों मैं आपको हंड्रेड टाइम्स करके दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा गूगल क्रोम अब ये हंड्रेड टाइम घूमेगा देखिए दोस्तों कितना अमेजिंग लग रहा है ये घूमते समय आप देख सकते हैं अभी दोस्तों 100 टाइम ही घूम कर रुकेगा ये पूरे 100 हंड्रेड टाइम का राउंड लगाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों आप ये ट्रिक दिखाकर अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं उनके सामने आप अपनी बड़ी बातचीत बना सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 20 टाइम्स मैं आपको ट्वेंटी टाइम्स में क्लिक करके दिखा देता हूँ ट्वेंटी टाइम फिर से ये रोल रोल करने लगेगा देख सकते हैं देखो देख दोस्तों रोल रोल करने लगा दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये भी कर सकते हैं यहाँ ट्विस्ट लिखा है मैं यहाँ ट्वाइस कर देता हूँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैसे घूमने लगेगा तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में